तो आइए देखते हैं कि इसका जवाब क्या है उत्तर है आपको फोटो में आर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और साथ में टी दिखाई दे रही है इस प्रकार लड़की का नाम हो जाएगा आर प्लस टी बराबर आरती